आपका पुनः स्वागत है हमने टेबल एक और टेबल दो देखी पर हमने अभी तक स्टीम टेबल से गुणों को नहीं देखा हमने पहले दो कॉलमों को देखा जहां टेंपरेचर आधार था या प्रेशर आधार था टेबल एक टेंपरेचर आधार था टेबल दो प्रेशर आधार है आइए अब हम इन स्टीम टेबलों में से गुणों को देखते हैं आखिरकार मुख्यतः हमें स्टीम टेबल्स दी हुई प्रेशर और टेम्परेचर स्थितियों में गुण प्राप्त करने हेतु तो ही उपयोग करनी है तो आइए इस टेबल एक को देखें, जो कि फिर वास्तविकता में टेम्परेचर आधारित सैचुरेशन रेखा है और मैंने फिर से यहाँ स्टीम टेबल में से एक छोटा सा अंश लिया है टेबल क्रमांक एक में से और वह ऐसा दिखता है तो आप फिर देख सकते हैं पहला कॉलम टेम्परेचर है दूसरा कॉलम उन वैल्यूज पर पी टी है। आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि यह टी से ऐसी सी पी यानी शून्य डिग्री सेंटीग्रेड ट्रिपल पॉइंट से तीन डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाता है आइए अब हमें स्टेबल में से इन पहले दो रो को देखें, जो कि दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर पढ़े जाने वाले वास्तविक गुण है तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम जो कि मीटर के ऊपर किलोग्राम में दी हुई है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है फिर यहाँ एनर्जी है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं यहाँ एंथल्पी है किलो जूल्स पर किलोग्राम में और हमारे पास एंट्रोपी है किलोजूल्स पर किलोग्राम केल्विन में तो ये गुण हैं, जो कि पढ़े जा सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम एनर्जी एंथल्पी और एंट्रोपी ये वह वैल्यूज है गुण है जो की आप स्टीम टेबल से पढ़ सकते हैं अब आप इसके नीचे अब जो आप देख सकते हैं वो है VF और VG और अगर आपको मेरा पहले दिखाया हुआ टेबल का अंश याद है तो हमने देखा VF क्या है वो सैचुरेटेड लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम है और VG जी गैस की स्पेसिफिक वॉल्यूम है ठीक है तो 100 प्रतिशत लिक्विड VF से गुण हासिल कर सकते हैं और सौ गैस आप इन सभी जी सब्सक्रिप्ट से सुखी सैचुरेटेड गैस के गुण हासिल कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं VF और VG। यहां आप देख सकते हैं UF और UG। यहां आप देख सकते हैं HF, HG और HFG। और यदि आपको याद हो तो HFG कुछ भी नहीं है पर HG और HF का अंतर तो ठीक है समानता से हमारे पास है SF, SG और एस जो कि SG और SF का अंतर है तो आप सैचुरेटेड लिक्विड रेखा पर सैचुरेटेड बाफ रेखा पर चुरेटेड लिक्विड पर सूखी सैचुरेटेड गैस पर गुंड पड़ते हैं और अब आप क्या देखते हैं की यह पहली रेखा जो की शून्य दशमलव शून्य एक डिग्री सेंटीग्रेड पर दी हुई है जो की एक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है आप देख सकते हैं की इसके नीचे यूएफ शून्य वैल्यू दी हुई है एच एफ शून्य वैल्यू दी हुई है और एस एफ भी शून्य वैल्यू दी हुई है ये बस इतना है की हमने ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और हमने माना है कि इस ट्रिपल पॉइंट पर यूएफ एच और एस की वैल्यूज शून्य है ताकि उस समानता से दूसरी वैल्यूज निर्धारित होंगी दूसरी वैल्यूज इसे रेफरेंस वैल्यू समझकर निर्धारित होंगी ठीक है एनर्जी एंथेल्पी और एंट्रोपी पॉइंट्स ट्रिपल पॉइंट पर शून्य पर निर्धारित है और अन्य वैल्यूज थर्मोडाइनामिक्स पर आधारित बदलेंगी पर ये हमारा डेटम पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है जैसे यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया है यह शून्य है अब मैं आपका ध्यान इस आखिरी पॉइंट पर खींचना चाहूंगा जो कि क्रिटिकल पॉइंट टेंपरेचर है तीन दशमलव, डिग्री सेंटीग्रेड जिससे संबंधित है पी सेट टी जो कि 22 मेगापास्कल का क्रिटिकल प्रेशर है यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं टी क्रिटिकल पी क्रिटिकल और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सैचुरेटेड लिक्विड रेखा सेचुरेटेड बाफ रेखा के साथ मिलती है या वे क्रिटिकल पॉइंट पर मिलती हैं और इसी कारण वी एफ वी के बराबर है यू एफ यूजी के बराबर है क्रिटिकल पॉइंट पर वास्तव में लिक्विड और गैस के बीच फर्क नहीं कर सकते और इसी कारण दोनों के गुण समान हैं। जब मैं कहता हूं कि वी एफ के बराबर है उसका मतलब है डेल्टा वी या वी एफ भी शून्य है अगर मैं कहूं तो शून्य है डेल्टा यू शून्य है क्यूँकी यू एफ है और इसीलिए यू एफ शून्य है और इस स्थिति में आप देखेंगे की एंथेलपी के लिए एच एफ के बराबर है और इसलिए एच शून्य है समानता से एस एफ के बराबर है और इसलिए एस शून्य है तो क्रिटिकल पॉइंट पर जहां पर टेंपरेचर और प्रेशर क्रिटिकल टेंपरेचर और क्रिटिकल प्रेशर है डेल्टा वी डेल्टा यू एच और एस शून्य है अब उदाहरण तौर पर हमारे पास यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति है जहां पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी शून्य एक शून्य एक चार दो पर उबलता है और संबंधित vf, vg, uf, ug, hf, hg और एच हैं, जो कि कुछ नहीं पर लिक्विड में बाफ रीजन तक की वेपोराइजेशन की लेटेंट गर्मी है जो कि सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है ठीक है और ये एस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर संबंधित वैल्यू है तो मुझे विशिष्ट और सिद्धांत रूप में दर्शाना था कि टेबल एक में दिखाए अलग अलग गुण क्या हैं। जरा इस टेबल एक पर ध्यान दीजिए और अपने आप देखिए टेबल एक में ये वैल्यूज कैसी दिखाई गई है तो आप ये टेबल एक देख सकते है सेचुरेशन रेखा के साथ ये टेम्परेचर और अगर मैं आपको पहला पन्ना दिखाना चाहूँ तो जो की ये है और आप ये देख सकते हैं हमारे पास है वॉल्यूम मीटर पर क्यूब केजी एनर्जी एंथेल्पी और एंट्रोपी और आप देख सकते हैं कि यह पहली पंक्ति Vf, Vg, Uf, Ug, Hf, Hg, HfG, Sf, Sg और SfG और आप और नीचे जाकर स्वयं अलग अलग वैल्यूज देख सकते हैं अब मैं आपको इसका आखिरी पन्ना दिखाना चाहूंगा और हम यहाँ देख सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर आरोप क्रिटिकल प्रेशर है और यहाँ देख सकते हैं एच और एस शून्य है एच एफ एच जी के बराबर है और एस एफ एस जी के बराबर है समानता से आप देख सकते हैं यू एफ यूजी के बराबर है और वी एफ बराबर है तो आप क्रिटिकल पॉइंट तक ये सब पॉइंट्स देख सकते हैं तो हमने अब तक क्या सीखा हमने एक प्रयोग देखा हालांकि फिल्म रूप में फेस बदलाव प्रोसेस जो कि स्थाई प्रेशर यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर देखा गया हमने दो फेसों को संतुलन में देखा और हम समझ पाए कि एफ और जी गुण क्या हैं और एफ और जी सब्सक्रिप्ट जो हमने देखे यू एफ यू जी एस एफ इत्यादि और हमने देखा कि हम स्टीम टेबलों में से गुण कैसे पढ़ते हैं यही वो जगह है ये गुण मैं आगे गणना के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद